तो हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरी पहली वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप खुद से बोलेंगे कि भाई हाँ भाई आज मैंने अपनी लाइफ में कुछ नया सीखा है जो तो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहने वाला है आगे फ्यूचर में और इससे रिलेटेड ही वीडियोज़ आगे मैं आगे फ्यूचर में बनाने वाला हूँ तो आप वो भी देखिएगा बट सबसे पहले मैं इस वीडियो की बात करता हूँ इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जीमेल अकाउंट बनाते हैं हाँ हाँ आप सही सुन रहे हैं कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं साथ में ये अकाउंट बनाने से हमारा क्या बेनिफिट तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहले बात करने से पहले मैं, मैं अनुपम अनुपम भटनागर आप सभी का आई I मीन mean, जो भी आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई मेरा मन है कि मैं सभी को मतलब इंडिया के अंदर मोस्टली सब डिजिटलाइज हो रहा है तो सबको एटलीस्ट जीमेल अकाउंट और बाकी सारी चीज़ें अकाउंट्स बनाना आना चाहिए ये तो अभी मस्ट हो गया है ताकि हम लोगों को दूसरों की हेल्प ना लेनी पड़े अभी क्या होता है कि हम लोगों को भी कभी कभी हेजिटेशन होने लग जाती है कि हाँ भाई यार हम लोग उससे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है क्या बेकार लग रहा है क्या वो हमें बताएगा क्या ढंग से तो वो हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैं ऐसे ही टॉपिक वे डेली वीडियोस बनाता रहूँगा डेली या फिर अल्टरनेटिव पे वीडियोस बना के डालता रहूँगा बट ये वीडियो अगर सही हुई सही चली तो इसके बेसिस पे मैं आगे अपने कंटेंट को कांस्टेंट रखूँगा तो अभी हम शुरुआत करते हैं जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो आप सभी को इतना तो पता होगा कि हम लोग के पास हमारे कोई भी लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है उसके अंदर हमारी ये स्क्रीन होती है नॉर्मली उसके अंदर हम लोग को या तो हमारे पास ब्रेम ब्राउज़र होता है या फिर हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है वो इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल तो मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूँगा कि वो कैसे इंस्टॉल करते हैं या फिर इसी में भी आप सर्च कर सकते हैं कि गूगल प्रोम तो उसकी वेबसाइट लिंक आ जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हो और इंस्टॉल हो जाएगा ईजिली तो अभी हम चलते हैं हमारे इस टाइप की तरफ तो हमारा पहला पॉइंट है कि जी कैसे ओपन करना है तो जी के ऊपर ओपन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं पहला तरीका कि यहाँ पर ही लिखा रहता है मतलब तो जब भी हम यहाँ पर गूगल टाइप करेंगे देखो बताता हूँ गूगल टाइप किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली gmail लिखा हुआ है ठीक है अब gmail के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हम लोग जी मेल ऑटोमेटिकली पहुंच गए तो यहाँ पे हमको सिंपली क्लिक करना है कहाँ पर राइट एंड साइड पर क्रिएटर अकाउंट जैसे हमको बस यहाँ पे क्लिक करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना यहाँ पे क्लिक करते ही हमारी ये डिटेल्स मांगेगा वो भरते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि और क्या कौन सा तरीका है जैसे सपोज़ करो हम लोग गूगल पे हैं गूगल कॉम और हमें जीमेल चाहिए तो जीमेल तो हम लोग सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जी मेल कॉम गूगल में तो ऑटोमेटिकली जीमेल का जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं वो सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे हमको सबसे पहले लिंक पे ओपन करना है देखो यहाँ पे लिखा होगा एस टी टी पी कॉलन अंडर ये स्लैश हमें यहाँ पर ही क्लिक करना होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लिक करते ही हम मेरी साइट पर आ जाएँगे साइड पर आने के बाद हम मैंने आपको बताया कि राइट एंड साइड पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है तो वहाँ पे क्लिक करना है सिंपली बाकी कुछ नहीं करना यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोग ये फेस पे आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग मैं मेरे तो ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल अकाउंट बना दिखा देता हूँ कि कैसे अकाउंट बनाते हैं सिंपली मैं नाम लेता हूँ क्या नाम रखेगा इस कुछ भी नाम रख सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ छवी भटनागढ़ या छवि ए बी सी डी दी। ठीक है अपन यूज़र नेम रखते हैं छवी टू ज़ीरो टू टू ये देखो अभी मैंने टाइप किया यूज़र नेम के अंदर ये हमारी ईमेल आईडी रहेगी दोस्तों ये हमारी ईमेल आईडी रहेगी जिसके अंदर हम लोग जिससे भी हम लोग जब भी हमको लॉगिन करना होगा तो हमको ये यूज़र नेम डालना पड़ेगा उसके बाद अब उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी तक ये लॉगिन होगा ठीक है तो इससे पहले क्या होगा कि हम लोग ये हम लोग में ये भी जो इसका डोमेन अवेलेबल है नहीं कि ऑलरेडी यूज़र ने किसी ने ले लिया है तो हम इसके अलावा ये सजेस्ट कर रहे हैं हमको ये रखने के लिए एबीसीडी बी सी रखने के लिए या फ्री रखने के लिए पर मैं एक ट्राई करना चाहूँगा रुको ये भी अवेलेबल नहीं है ये भी अवेलेबल नहीं yes, है ट्वेंटी नाइन टू ज़ीरो टू टू यस ये अवेलेबल है तभी ट्वेंटी नाइन टू ज़ीरो टू टू ये अवेलेबल है एट द रेट जी ये हमारी ईमेल आईडी हो जाएगी और इसका पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये पासवर्ड मैं रख रहा हूँ वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पासवर्ड रख दिया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट सिंपली ये वेरीफाई करेगा पासवर्ड मैक्सिमम लेटर भी डालना होता है सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव डॉट सी ओ एन या फिर एक काम करते हैं क्या करते थे छवि छवि एट द रेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छवि एट द रेट वन टू फोर फाइव सिक्स अभी आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा सही डाला है आपने गलत डाला है अभी ऐट द रेट वन टू टू फाइव सिक्स अब वो करते हैं कंटिन्यू तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे हमें मोबाइल नंबर ऑप्शनल मांगा है ऑप्शनल रिकवरी आई मांग रहा है ठीक है तो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं हम लोग डाल सकते हैं अगर हम डालना चा, चाहें कि हमारा मोबाइल नंबर भी लिंक हो इससे हमारी जी मेल से तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हमारा मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे वेरीफाई करेगा ओ टी पी तो आपके मोबाइल का ओ टी पी आपको यहाँ डालना पड़ेगा ठीक ऐसे ही ये वेरीफाई करेगा ई ईमेल का अगर आपके पास कोई दूसरा ईमेल बना हुआ है पहले से तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस से उसी ईमेल आईडी को डालना पड़ेगा जैसे ही डालेंगे तो वेरीफिकेशन के लिए उसके पास एक लिंक जाएगा लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे क्लिक करते के साथ आप वेरीफाई हो जाएंगे और आप कंटिन्यू कर सकते अब डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि तो डेट ऑफ बर्थ अपन ने नॉर्मल अक्टूबर Gender जैसे छवि है तो फीमेल ही कर देता है नेक्स्ट अभी ये प्राइवे आई मीन प्राइवेसी एंड टर्म मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होती है बेसिकली ये नॉर्मल हम लोगों को एग्री करनी ही पड़ेगी ये एग्री करनी पड़ेगी इसके बाद एग्री करने के बाद ऑटोमेटिकली हम लोग हमारी आई के अंदर एंटर हो गए देखिए ये हमारी आई बनके तैयार हो गई है जो कि गूगल वर्कशॉप वर्क है वर्क है ये चीज़ें दोस्तों हमारी जी मेल बनाने का सबसे आसान तरीका अभी इससे फ़ायदा क्या है अभी देखो ये हमारी ईमेल आईडी बन गई ये हमारी जी मेल है हमारी जो जी मेल है वो ये है देखो इसमें दिखा रहा है छवी ट्वेंटी नाइन टू जीरो डबल टू एट द रेट जी मेल ये हमारी मेल आईडी और जो पासवर्ड हमने डाला है वो हमारा पासवर्ड है ठीक है इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं नॉर्मल एक छोटी सी चीज़ है कि मैं इसको भी आपको बाद में ब्रीफ में बता दूंगा कि हम लोग कैसे कंपोज मेल करते हैं किसी को मेल सेंड करना हो तो कैसे सेंड करेंगे या फिर हमको मेल आई है तो कहाँ दिखेगी क्या दिखेगी देखो अभी मेरे पास शायद मेल भेजता है मैं जहाँ तक अगर गलत नहीं हो आते को एक, एक मेल भेजता है गूगल उसने भेजा है गूगल कम्यूनिटी फिनिश सेटअप देखो ये आ गया अभी अभी हम लोगों ने बनाया तो सडनली हमारे पास ये अकाउंट मिल आ गया भाई इसी तारीख को आपने मेल बनाया और कम्युनिटी टीम की तरफ से हमारे पास ही मिला तो ये बोलता है कि भाई अपन ऐड कर लो और अपने अकाउंट्स लाइक गूगल के और अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं अभी क्या हो गया हम लोगों का फ़ायदा बताता हूँ मैं जी मेल हम लोगों का अकाउंट बनाने के बाद पहला फ़ायदा कि हम लोग अपना जो प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड के लिए जो प्ले स्टोर आता है उसके ऊपर हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा साथ में हमारा जो ऑनलाइन ये सारे मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ देखो जी के ऊपर या फिर आप अगर Google.com खोलेंगे ठीक है तो आपको यहाँ पर ही डॉट डॉट डॉट दिख रहे हैं गूगल ऐप्स इन सब पे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बन चुका है फिर तो आपने कहाँ अकाउंट बनाया आपने बनाया है जी के ऊपर अकाउंट मतलब आपने अकाउंट बनाया यहाँ पर बट आपका ऑटोमेटिकली इन सब पे अकाउंट बन गया है ठीक है तो आप ये कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो तो ये एक छोटा सा आज का सेशन था जिसके अंदर हमने सीखा कि हम कैसे अपना जी अकाउंट बना सकते हैं और उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ मैं अभी आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट प्लीज मेक श्योर यू कैन क्लिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब